YouTube चैनल मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रामजे दोस्तों मैं आज आपके लिए एक गेमिंग एप्लीकेशन लेकर आया हूँ ठीक है ना एक नहीं दो दोस्तों पहले तो मनी वेल का रिव्यू करूँगा इसके बाद पाइप फ्लेयर का ठीक है ना दोस्तों ये दोनों ही गेमिंग मिस मत कर देना दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो पहला गेम है मनी वेल इसमें आप लोग ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसी कमा सकते हैं ठीक है ना दोस्तों इसमें आप लोग पेपल में भी ले सकते हैं तीन चार पेमेंट मैथड है ठीक है ना दोस्तों इसमें काफ़ी तीन चार क्रिप्टो करेंसी भी हैं उनमें भी विद्रॉ ले सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों इस गेम में आप लोग इतना अधिक कमा सकते हैं कि कुछ कहने का नहीं है ठीक है ना दोस्तों तो मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्सन में डला है ठीक है न दोस्तों तो आप लोग जाके जॉइन कर लीजिए और जैसे ही आप लोग फेसबुक से या ट्विटर से डाउनलोड करेंगे इसको तो आप लोगों को इन्विटेशन कोड मांगेगा ब्लिंड माई इन्विटेशन कोड ठीक है ना तो इसमें आप लोग उन्नीस तीस डाल दीजिएगा ये याद रखना ना उन्नीस लिंक लिंक के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसको भी दे दूंगा ज़्यादा नहीं है दोस्तों उन्नीस तीस याद करने में कुछ नहीं होता इससे ये होगा कि आप लोग मेरी टीम में जुड़ जाओगे तो आप लोगों को बोनस भी बहुत ढेर सारा मिलेगा ठीक है ना इसमें टीम बोनस भी होता है ठीक है ना दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कुछ वर्क नहीं करना होता है आप लोगों को केवल यहाँ पर क्लिक करना होता है ठीक है ना दोस्तों इनको मिलाना होता है ठीक है ना दोस्तों ये दो दो तीन इनमें ये करना होता है ठीक है ना तो इसमें केवल आप लोग दस लेवल तक करना है ठीक है ना दोस्तों अगर आप लोग दस लेवल तक कर लेते हैं तो मेरा सक्सेज फुल हो जाएगा अगर आप लोग इसमें किसी फ्रेंड को रिफ़र कराते हैं तो फ्रेंड से कहिएगा कि 10 लेवल तक कंप्लीट करें ठीक है ना अगर 10 लेवल तक कंप्लीट नहीं करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को रिफ़र रिवार्ड नहीं मिलेगा ठीक है ना इसमें रिफ़र रिवार्ड दोस्तों इतना है कुछ कहने को नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस अप्लीकेशन को आप लोग मिस मत करिएगा ठीक है ना दोस्तों तो ऊपर में दिखा दूँ यहाँ पर डेली बोनस है जब आपकी ये कॉइन खरीद वो हो जाए ना ठीक है ये नीचे रेड दिख रहा है ठीक है ना पाँच नंबर का आप लोगों को केवल नंबर मिलाना है दोस्तों तो यहाँ पर सीधा ड्रॉ में आना है तो आप लोगों को ये पांच कूपन मिलेंगे स्पिन में, में ये आप लोगों को ये क्वाइन मिलेंगे इनसे आप लोगों को ये एनिमल ख़रीदने हैं एनिमल ख़रीद के एनिमल को मर्ज करना है ठीक है ना रेड रेड में आउल आउल में ठीक है ना पैरेट पैरेट में ठीक है ना दोस्तों तो ये मर्ज करना है मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस ये अप्लीकेशन विड्रो इतनी जल्दी देती है आप लोगों को बता दूँगी सीधा आप लोग ज्वाइन करिएगा दस लेवल कम्प्लीट करिएगा फिर यहाँ पर आइएगा विड्रो में तो विड्रो के ऑप्शन में आप लोगों को ढेर सारे मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी वाले और पे पेपल का भी इसमें सिस्टम है दोस्तों चार पाँच ऑप्शन हैं ठीक है ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है गेम मैंने बता दिया खेलना कैसे है आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इसमें आप लोगों को व्हेल व्हेल जो मछली होती है उसको करना है जैसे रेड व्हेल ठीक है ना ऑरेंज येलो ग्रीन ठीक है ना ये देखो सिंगल ऑयल अगर आप लोग दोस्तों पा गए ठीक है ना दो से सैंतीस लेवल में ठीक है ना मर्ज करने में तो आप लोगों को तीन लाख आर टोकन मिलेंगे ठीक है ना दोस्तों इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों आर पी के बदले में आप लोगों कोई भी क्रिप्टोकरेंसी ले सकते हैं ठीक है ना दोस्तों तो ये मत भूलिएगा दोस्तों कि ये गेमिंग एप्लीकेशन कम दिया करते हैं आप लोग गेम खेल के इतनी ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते ठीक है ना दोस्तों तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन में दे दिया है मेरा इन्वाइट कोड जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों अब चलिए चलते हैं दूसरी गेमिंग अप्लीकेशन के ऊपर ठीक है ना दोस्तों तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो पहला वाला तो करना ही पड़ेगा ये दूसरा इनकी एक वेबसाइट भी है इनका ऐप भी है देखिए ऊपर स्क्रीन में दिख रहा है यू आर नाउ बीग रिडक्टेड योर फाइव फ्लेयर ऑफिसियल मोबाइल ऐप ठीक है ना आप लोगों को मोबाइल ऐप करना हो तो कर लीजिएगा अगर जिनके फ़ोन में रैम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों मैं बता दूं में बता दूँ कि इसमें आप लोग वेबसाइट में भी वर्क कर सकते हैं ठीक है ना दोस्तों तो इसमें आप लोगों को केवल आना है डेली आप लोगों को वो करना है फ्यूशर्ट क्लेम करने हैं ठीक है ना दोस्तों मैं नीचे आप लोगों को दिखा दूं जे ई डोज कॉइन ठीक है ना ये डोज डोज कॉइन में क्लिक करना है अब फ्यूसर अपना क्लेम कर लेना है ठीक है ना मिनिमम विड्रो एक डोज कोइन है आप लोग इसमें सेटिंग में जाके दोस्तों ठीक है ना तो आप लोग विड्रो विड्रो सेटिंग सब लोग कर लेना आप मैं आप लोगों को मेन चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पर डेली रिवाड है ये सात दिन रिट्रेलर है रिफ्लर आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग रीफ़र करके भी इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग रिफ़ंड नहीं बना सकते तो दोस्तों कोई बात नहीं दो तीन रिफ़र कर दीजिए अगर नहीं भी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को देखिए जैसे ये रिफ़र किया तो एक फ्रेंड के ये लिए ये मिला ये मिला इसमें दोस्तों इतनी अच्छी अर्निंग है कुछ कहने को नहीं देखिए दोस्तों फर्स्ट रैंक में एक डॉलर रिवार्ड है ठीक है ना दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें आप लोग गेम खेल के इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ये तो फ्यूचर हो गया आप गेम की बारी आए दोस्तों इसमें देखिए कितने ढेर देख सारे गेम हैं फ्लेर हेट बीट बॉक्स फ्लेयर जंप देखिए दोस्तों इसमें पीवीटी टाइम के बैटल इतने ढेर सारे गेम हैं दोस्तों कि कुछ कहने को नहीं तो आइए अपना इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा आइए साइन इन करिए और अर्निंग करिए ठीक है ना दोस्तों इसमें आप लोगों को बता दूँ कि देखिए ये टोटल स्पेस शूटर गेम है टो टॉप प्राइस दस ढाई है यानी एक एक डॉलर के बराबर एक ढाई होती है ठीक है ना दोस्तों ये गेम में आप लोगों को तेन ढाई ये इसमें ये इसमें प्लेयर रेट में ठीक है ना दोस्तों तो आप लोगों को इसमें इतनी अच्छी अर्निंग हो सकती है कुछ कहने को नहीं ठीक है ना दोस्तों तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि, कि इसमें आप लोगों को दिक्कत एक भी नहीं पड़ेगी और सेटिंग में जाके आप लोग अपना विड्रॉ एड्रेस डाल लेना ठीक है ना दोस्तों इसमें डेली रिवार्ड में आ आप लोग रोज़ क्लिक कर लेना ठीक है ना दोस्तों तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैं इस टाइप की वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ ठीक है ना दोस्तों तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ये देखिए ये प्ले किया दोस्तों ठीक है ना ये देखिए मैं देख रहा हूँ दोस्तों मुझे क्या मिला है ठीक है ना दोस्तों पाइप फ्लेयर से ये देखिए मुझे इतने जे टोकन मिले हैं ठीक है ना दोस्तों देखिए आप लोगों को भी इतने ढेर सारे मिल सकते हैं ठीक है ना दोस्तों तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये वेबसाइट ये ऐप आप लोगों को मिस नहीं करना है अब चलिए चलते हैं उसी गेम की तरफ दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है इसमें आप लोगों को 10 लेवल कंप्लीट कर लेना है दोस्तों जितना हो जाए दोस्तों को इनवाइट कराइए और पेपल में या किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में आप लोग ले सकते हैं ठीक है ना दोस्तों तो यार मैं इस टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो उस टाइप की वीडियो होती हैं तो मैं यार बना नहीं पाता हूँ तो टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ लिंक तो वहीं से आप लोग लूट लीजिएगा तो यार मेरा टेलीग्राम चैनल यार जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है फ्रेंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स